हेलो दोस्तों भोला मूवी के बारे में आज जानते हैं दोस्तों वैसे तो लग रहा था भोला मूवी कुछ काम नहीं करेगी बट आप ढाई मिनट का ट्रेलर देखिए और फिर बोलिए वैसे तो दोस्तों मूवी का बजट हंड्रेड करोड़ रुपीस इनर है बट मूवी देखने लायक है बहुत दिन के बाद आज कुछ मज़ेदार मूवी बनी है जो कुछ हट है वैसे तो ये मूवी एक साउथ मूवी की कापी है बट इसको रिक रिकैप किया है और बहुत ही अच्छे से रिकैप किया है वैसे आपने सुना है या पता नहीं आपको साउथ की मूवी है कैथी नाम की ये मूवी उसी की रिकैप करी है वैसे कैथी मूवी भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हुई थी और भोला का ट्रेलर देखकर भी पता चलता है कि इसमें भी कुछ दम है बहुत अच्छा दम है मुझे तो ढाई मिनट का ट्रेलर देख ही पता चल गया कि मुझे थिएटर में जाना चाहिए और दोस्तों आप भी जाइए और एक बार देखिए दोस्तों कैथी मूवी का वैसे बजट 25 करोड़ रुपीस था बट वो भी 100 करोड़ रुपीस तक गई हिट गई थी तो दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि अजय देवगन की मूवी भोला का 100 करो, करोड़ करोड़ रुपीज़ बजट है तो सोचिए कुछ तो दम होगा और कुछ तो चेंजेस होंगे जो इतनी महंगी फिल्म बनी है और ट्रेलर से ही पता चलता है कि देखने लायक है दोस्तों वैसे देखा जाए तो कई थी मूवी का पूरा ही ये कॉपी नहीं है बट कुछ टॉपिक उठाए हुए हैं बट जो इसकी कहानी है थोड़ी इससे डिफरेंट है थोड़ी मैच है बट कुछ हटकर है जैसे आपने अजय देवगन की मूवी द्रष्यम देखी है और द्रश्यम टू भी देखी है उसमें भी कुछ कमाल था कम बजट वाली फिल्म थी बट उसने भी बहुत अच्छा काम किया था वैसे भोला मूवी भी कुछ अलग रिप्रजेंट की गई है दोस्तों बोला मूवी का जो म्यूज़िक है मूवी में बहुत ही अलग है जो यंग एज को बहुत ही पसंद आएगा तब्बू और अजय देवगन फिर से रिप्रेजेंट हुए हैं जो कि बहुत ही फिल्म में मज़ा आने वाला है जो कि दृश्यम वन और दृश्यम टू में आपने देखा ही तो वैसे गाइस वैसे इस फिल्म को फैमिली वाले आराम से देख सकते हैं क्योंकि ये फैमिली फैमिली वालों के देखने के भी लायक है इसमें कुछ एडल्ट सीन वगैरह कुछ भी नहीं है इसलिए आप आपके फैमिली के साथ दोस्तों के साथ या भाई बहन के साथ किसी के भी साथ इसको इजीली आप देख सकते हो वैसे दोस्तों भोला में बनारस वाला सीन आप एक बार देखिए और उसके डायलॉग भी देखिए मम्मी पापा यू ही रेडी हो जाएंगे वो भी आपके साथ देखने के लिए वैसे मूवी में बहुत ही अच्छे सीन हैं जो कि न्यू है बहुत दिन के बाद बॉलीवुड ने कुछ अच्छा काम किया है जो बहुत अच्छे से रिप्रजेंट किया है वैसे इस फिल्म में डायरेक्टर ने एक्टर भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किए हैं बाकी एक्टर भी बहुत अच्छे से इन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं उनका मेकअप वगैरह बहुत ही अच्छा है बहुत ही लाजवाब है तब्बू वाला सीन तो आपने ट्रेलर में देखा ही है जो एक पुलिस का और किरदार है उनका जो कि द्रश्यम वन और द्रश्यम टू की याद दिला देता है दोस्तों अजय देवगन का भी लुक लाजवाब है सिम्पल है देसी टाइप है बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है गाइस मेन इम्पॉर्टेंट बात अभिषेक बच्चन भी रिप्रेजेंट होने वाले हैं, बट उसको अभी हाइट किया गया है उसको आपको देखने के लिए थिएटर में ज़रूर जाना चाहिए चलो दोस्तों थिएटर में मिलते हैं बाय बाय